कोई दम शौक है अपनी नहीं होगी फ्री फायर ये देखो ये मेरे पट पट है ये क्रोनो है हम खेलते क्लास कोर्ड इसलिए कुछ दिनों से बात नहीं करा तो हम कुछ दिनों से नहीं खेल पाएंगे इसलिए सही क्लैश खेलेंगे हम जी इमर एक देखो क्लिमर दिखाऊँगा इखो उसके दिखाऊंगा मेरे बस कैसे कैसे कपड़े हैं कैसी कैसी चीजें हैं फोर हंड्रेड बोलिए यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ मीशो में जी ये कोई मोड़। ये मोड़ है है बोलते हैं पास पास मेरे इसके इसको क्या है यूएमपी यूएम पी के मेरे पास जी ये दिवाली पे मिले थे तो हमारे पास मैजिक क्यूब के कपड़े कौन थे मैं आपको भी दिखाऊंगा फिर तो मुझे दिवाली पे मिले थे ये तो मर ये ये वाला जो बंदा ये वाला